देखिए कितना बढ़िया से रेडी है ये इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये देखिए इस्टंट भटूरे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं एक इस तरह से ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं और ये भटूरे का सामान हमारे एक चम्मच हमने लिए गए नमक ये दो टेबल स्पून हमारे पास चाहिए और ये हमारे पास एक मीडियम साइज कालू इसको हमने कदोखस कर लिया है और ये हमारे पास करीब पचास ग्राम सूजी है और ये दो ग्राम हमारे पास है मैदा हम इसको मिक्स करते हैं तो खाएंगे आपको ये सब हमने डाल दिया इसमें तो ये भी हम डाल देते हैं सूजी भी इसमें तो ये आलू और ये दही भी हम इसमें डाल देंगे और तो नमक भी हमें इसमें डाल देंगे अपना इसको मिक्स करना हमें अच्छी तरीके से जैसे आटे को गूंदते इसी तरह से हमें गूंदना है इसे इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे उसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे उसका ढो तैयार करना है हमें इसका बोलिए क्वार्टी टीस्पून से भी कम हम डाल दिया इसमें बेकिंग सोडा इसको हम डालना भूल गए थे बेकिंग सोडा हमने डाल दिया इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्का ता फुल्का पानी लेके दो चम्मच हम तेल डाल देंगे इसमें इससे बहुत ही स्मूथ बने गई है सॉफ्ट हो जाएगा आटे से। इससे देखिए हमारा आटा रेडी है हमने तेल लगा के इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए देखिए आधे गिलास से भी कम पानी में ये बन गया है पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है 20 मिनट के लिए इसको रख देना है, है हमारा आटा रेडी है और हमारी लोई रेडी है उसको हम बेलते हैं बस ये देखिए एकदम तरह तो यार है हमारा यह भटूरा इसी तरह से लंबे लंबे सारे भटूरे बना लेंगे चलिए तेल हमारा रेडी है अभी इसमें डालते हैं अपना भटूरा तो के दबाते रहना है इसी तरह से ये फूल जाएगा देखिए कितना बढ़िया से रेडी है ये इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का आइटन का दबाए ताकि आने वाली मीडियो सबसे पहले देख सकें तो प्लेट में ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से भटूर है रेडी हैं एक बार जरूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल गाइकन भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो सबसे सब पहले देख सकें